बहुत ख्याल आते हैं तुमसे मिलकर न जाने क्यों तुम लगती हो झील सी हँसी जिसमें डूब जाने का मन करता है